हेलो हेलो ये तू कल बोल रही गन्ना के खेत में दस बजे रात के तू अपने हम, अपना माल नहीं हो रे तू के सुनाई सुन तोर से निके माल छे खोखुर के साथ फंस गया <laughs> <laughs> <laughs> ए, ए, ए, ए, ए, कोई बात सुना कोई तो अच्छा रे, रे जोर से बोलने के मोम्मत कथी टूस लगे नहीं जोर से हेलो जाने जीर बोल ले हाँ ताऊ हाँ हाँ बोल बोल हमारे जावे चो आप जाने जीर तुर्बीनाम बहेल सॉर्ट तुर्बीनाम जीर ना सको जाने जीर तुर्बीनाम जीर ना सको oh no वाह ऐ ये सब भटियारी सब बात करते हैं ना करा था सर जाओ इसे लेके जाओ बैंडेज करके लेकर सर वो भाग गया आप इसका मथा फोड़ दिया ना इसलिए वो भाग गया डर से लया विद्यार्थी था ना अब सब बात छोड़ो तुमसे बात सर वो पंता, था ना प्रिंसिपल प्रोग्राम रखा था डीजे बजाता बजा, बजा, बजा, बजा, बजा, बजा, बजा, डॉक्टर साहब तोर मार के ना कपार फोड़ देलगो ना तो हमर मारते तो रहे ना ना हम फोड़ देती ये लोग ना आऊ घर जात रहे हमरे रास्ता से हम छत में चढ़ के सलाम माथा पे फोड़ देबे गिति लाग मारबे ते सार सा, सा, तोर तो खुने खत्म करब ल रे डॉक्टर साहब बोल रहल ना तो बोले तोर माथा में खुने नै छ हम बदला लेबे को तू देख ना खाली घर जा देले 4 बजे लेबी ना हां लेबे तहु आइया हमर साथ में तहु आइयो ठीक है ठीक से आजा आजा सर।, all... सर सर सर दी दी सर सर <deber> <Unfortunately> का दा दा सर रात को भी किया का काम क्या मांग करिए तो रहते तो ने मेकअप मेकअप सर ओ, मेरा काम है सर। नंबर नंबर दीजिए ना माल। का नहीं देता। <laughs> बिगाड़ दिया साला सब। सा। क्या लग रही हो तुम यार? एक एक एक एक मतलब एक बार दीजिए ना। एक बार ना, एक। ना एक। ये क्लास के थे। भी, भी, भी। आपको बोले हमारा वो जॉब ओह नो। खून चला गया मैं बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन आपने मेरी नया मार को तूने थप्पर मार्क लर्क आप छोरे बे। ना ला ला, ला, ला, हाँ ए, कर